जैसे पीले कपड़ों वाले लड़के ने अंदरूनी हिस्से के बाकी स्टूडेंट्स को वहां से जाते हुए कहा तो जब तुम लोग भी कोई मतलब नहीं है इसके तुरंत बाद उसने अपना नीले रंग का आग शक्ति कार्ड बाहर निकाला और फिर उसे गौर से देखने पर पाया की उस पर लिखा नंबर सात था ये देखकर उस लड़के के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी और वो बहुत ज्यादा घबरा गया जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला हो वहीं ध्रुव और इसलिए क्योंकि हिस्से के जिस ग्रुप, ग्रुप से वो लोग टकराए थे वो उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा ताकतवर था इसके पहले के जो दो ग्रुप ध्रुव और उसके साथियों ने लूटे थे उस दौरान टीम के सभी में अपनी ताकत और काबिलियत का इस्तेमाल किया था यही वजह थी कि वो लोग सामने वाले ग्रुप्स को हराने में कामयाब रहे थे लेकिन इस बार उनकी किस्मत खराब थी जो उनका सामना ताकतवर स्टूडेंट से हो गया था वैसे तो ये ग्रुप काफी घबरा गया था जब उस पर ध्रुव और उसके साथियों ने हमला कर दिया था लेकिन कुछ पलों बाद वो लोग संभल गए और डट कर मुकाबला करने लगे इस दौरान चाहे ध्रुव और बाकी लोग उस ग्रुप को अलग करने की कि कितनी भी कोशिश क्यों ना करते वो लोग एक दूसरे के साथ ही टिके रहे और अपने बेहतरीन टीम वर्क से ध्रुव की टीम को परेशान करते रहे उसके बाद दोनों के बीच का मुकाबला चलता रहा जिसमें कोई भी जीतता हुआ घंटे तक, तक जारी रहे जिसके बाद ध्रुव और उसके साथ ही खाली हाथ ही लौट आए थे ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक चीज और समझ आ गई थी की उनके और अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा फर्क था और ये फर्क ताकत या काबिलियत का नहीं था बल्कि टीम वर्क और एक साथ लड़ने के तजुर्बे का था यही सब जानकर ध्रुव और उसके साथी इस चीज के लिए खुद को ट्रेन करने लगे फिर रात भर जाग कर एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते रहने के बाद इस का टीम का टीमवर्क पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो गया इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह और भी थी और वो ये थी कि सभी को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अकेले अकेले वो सीनियर्स के ग्रुप से निपटने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे और पिछली रात साथ ट्रेनिंग करने का तजुर्बा लेकर ध्रुव और उसके साथ एक बार फिर जंगल में आगे बढ़ने लगे लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका नसीब कुछ ऐसा होगा कि उनका सामना फिर से उस ग्रुप से होगा जिससे मुकाबला कर ध्रुव और उसकी टीम भाग गए थे और इस बार जब दोनों गुटों का सामना हुआ तो एक घमासान जंग छिड़ गई मगर सीनियर्स का ग्रुप ये जानकर बहुत ताजुब में रहा कि महज एक रात में ध्रुव और उसकी टीम में इतना बदलाव कैसे आ गया था ऐसा इसलिए क्योंकि कल की तरह वो टीम अकेले अकेले नहीं लड़ रही थी बल्कि ध्रुव की टीम तो आज ऐसा टीम वर्क दिखा रही थी जैसा खुद सीनियर्स के ग्रुप ने भी नहीं दिखाया था इसके बावजूद ध्रुव और उसके साथियों को थोड़ी तो मुश्किल हुई सीनियर्स का सामना करने में लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि, कि कल की तरह ध्रुव और उसके साथी खुद को बहुत मजबूर महसूस नहीं कर रहे थे दूसरी और सीनियर्स की टीम भी ध्रुव और उसके साथियों से मुकाबला कर थोड़ा घबराने लग गई थी वो लोग मुकाबले के दौरान ही समझ गए थे की अगर वो मुकाबला ज्यादा देर चलता तो फिर तो जरूर ध्रुव और उसकी टीम वो मुकाबला जीत जाती मगर जैसे ध्रुव और उसके साथी जीत के बहुत करीब पहुंचने लगे तभी अचानक ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी वही इस घबराहट के पीछे की वजह यह थी कि ध्रुव महसूस करके अलावा उनके हड़बड़ाहट से साफ जाहिर हो गया था कि इस मुकाबले से निकलती शक्तियों की वजह से वो ग्रुप समझ गए थे की दाल में जरूर कुछ काला था वही सीनियर्स के ग्रुप को अपनी ओर महसूस कर ध्रुव ने अपने साथियों को हाथ दिखाते हुए कहा साथियों, चलो जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं लेकिन जैसे ही ईशान और बाकी तो पल के लिए हैरान रह गए जाहिर सी बात है कि मुकाबला करने के बाद उन्हें भी महसूस होने लगा था कि वो जीत के कितने करीब थे और यही वजह थी कि पहले तो वो ध्रुव की बात मानकर उस जगह ऐसी जाने के लिए झिझक दिखा रहे थे लेकिन क्यूँकी पिछले दो दिनों में ध्रुव की बात मानना सभी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था इसलिए वो लोग मुकाबला रोक ध्रुव के पीछे उस घने जंगल में कहीं गायब हो गए और उसके साथियों को अचानक से गायब होता देख हिस्से के स्टूडेंट्स मुकाबला के के जाने एक रात में इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए इस रफ्तार से तो मुझे लगता है कि जब हम अगली बार इनसे मुकाबला करेंगे तो शायद हम ज्यादा देर टिकी नहीं पाएंगे इतना कहकर उसने अपने साथियों की तरफ नजरें घुमाई और सभी के दिल में इस वक्त आस पास कोई और ग्रुप नहीं हुआ फिर तो ये नए स्टूडेंट्स की टीम नए जंगल में घात लगा कर बैठी रहेगी और जिस भी सीनियर ग्रुप की किस्मत खराब हुई वो इनके जाल में फंस जाएगा उसके बाद महज एक दिन के अंदर अंदर अंदरूनी हिस्से के सीनियर के इस ग्रुप पर ध्रुव और उसके साथियों ने तक और तो और समझा जा सकता था ध्रुव और उसकी टीम एक साथ मुकाबला करने की लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे मगर पांचवे मुकाबले के बाद जाकर सीनियर के ग्रुप को समझ आया कि ध्रुव और उसके साथी उनसे सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर मुकाबला कर रहे थे लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए जब एक बार फिर ध्रुव और उसके साथियों ने सीनियर्स के इस ग्रुप को घेर लिया तो अचानक से सीनियर्स में अजीब सा खौफ महसूस होने लगा उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ और जैसा कि सभी जानते थे ध्रुव और उसकी टीम इस कदर टीम वर्क के साथ मुकाबला करने लगे जिसे देखकर सीनियर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए यही वजह थी की सीनियर्स का वो ग्रुप जो पहले मुकाबले में ध्रुव और उसके साथियों पर हावी हो गया था इस मुकाबले में महज दस मिनट में हार जमीन पर गिर गया और मुकाबला हारने की वजह से अब उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना था जो था आग शक्ति ध्रुव और उसके साथियों को थमाना वहीं इस मुकाबले के बाद उस जंगल में से आग शक्ति की स्टीम के बारे में लग थी जो सीनियर्स पर हमला करके उनसे आग शक्ति हासिल कर रही थी इस खबर के चलते सीनियर्स के ऐसे कुछ ग्रुप थे जो बहुत ज्यादा घबरा गए इस दौरान पूरे जंगल में जो फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था उसमें भी एक हंगामा सा होता हुआ दिखाई देने लगा इस हंगामे में सीनियर्स घबराने लगे कि जिस नए स्टूडेंट्स के ग्रुप पर वो उनकी परेशानियां साफ झलकने लगी इसके अलावा नए स्टूडेंट भी लगातार इस चीज की बातों में लग गए थे अरे मैंने सुना है की नए स्टूडेंट्स की एक टीम है जो जंगल में सीनियर्स से बचने की बजाय उन्हीं का शिकार करके उनसे आग शक्ति छीन रही है यह कैसे हो सकता है अरे कौन सी ऐसी ताकतवर टीम है जो ऐसा करने की हिम्मत कर पाए और मुझे नहीं लगता कि नए स्टूडेंट्स में से कोई सीनियर्स को हरा पाएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम अच्छा जरा सोच कर देखो कि कौन से नए स्टूडेंट ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर सकते हैं क्या हुआ नहीं सोच पा रहे चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूं वो टीम कोई और नहीं बल्कि इस बार के फाइनल एग्जाम के टॉप फाइव है टॉप फाइव मतलब ध्रुव चौरे की टीम बिल्कुल ठीक कहा तुमने पिछले दो दिनों में हिस्से के ने हम पर कितना तो को इस तरह परेशान होता हुआ देख मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ खड़े खड़े बात क्यों कर रहे हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद हमें ध्रुव और उसके साथियों से मिलने का मौका मिल जाए मेरे ख्याल से अगर हम उनके पीछे पीछे चलते रहें, तो अंदरूनी हिस्से के वो शैतान सीनियर्स हम पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे ठीक कहा ना मैंने वहीं ये खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी इस दौरान सीनियर्स के चार ग्रुप जिनके चेहरों पर मायूसी और नाराजगी दिखाई दे रही थी वो तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहे थे वो लोग बिना रुके सीधे जंगल के बाहर निकलना चाह रहे थे और ऐसा करते वक्त किसी ने भी आस देखने की जरूरत तक नहीं की वैसे तो उन्हें रास्ते में कुछ नए स्टूडेंट्स की टीम भी मिली लेकिन फिर सीनियर्स ने उन पर हमला नहीं किया बल्कि वो तो चुपचाप मायूस चेहरों के साथ नहीं आ रहा था वो समझ गए थे कि उनके ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी दरअसल फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन के नियमों के हिसाब से अगर जंगल में घूमते सीनियर्स के किसी ग्रुप में उनके में पास दस आग की शक्ति न बची हो तो जंगल में रहकर आग की शक्ति हासिल करने का हक उनसे लिया जाता था। और तो और ऐसा होने पर उनके पास दस आग की शक्ति नहीं बची थी इसके बाद उस जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सभी बचे हुए सीनियर्स के चेहरों पर काफी गुस्सा दिखाई देने लगा दरअसल नए स्टूडेंट्स का सीनियर से आग शक्ति लूटना पिछले बहुत सालों में कभी नहीं हुआ था और ऐसा कुछ इस साल होने का मतलब था कि ये सीनियर्स के गाल पर एक सूर का तमाचा था इसके साथ इस तमाचे की गूंज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी इतने में जंगल से बाहर निकल रहे सीनियर्स ने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर कहा स्टूडेंट्स को अपनी ताकत पर बहुत है ना इन्हें अपनी इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी ये कीमत बहुत महंगी होगी फिर एक के बाद एक वो लड़के तेज रफ्तार में जंगल से बाहर निकल गए वही जंगल के अंदर कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे यही वजह थी कि वो लोग खुद ध्रुव और उसके साथियों की पर निकल पड़े थे को इस प्रथा को तोड़ने का कोई मकसद मिल जाए इस सोच के चलते वो लोग नए स्टूडेंट्स के इस गुरूर को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे थे दिल में नए स्टूडेंट्स की उम्मीद को कुचलने के इरादे से निकले सीनियर्स पूरे जंगल में ध्रुव और उसके साथियों की तलाश करने लगे लेकिन दिन भर उन्हें ढूंढते रहने के बावजूद किसी को भी ध्रुव और उसकी टीम का कोई नामो निशान नहीं मिला फिर जैसी सभी लोगों को लगा कि शायद ध्रुव और उसकी टीम तक यह खबर पहुंच गई थी कि सीनियर्स एडी चोटी का जोर लगाकर उन्हें ढूंढ रहे थे और इस खबर के चलते शायद ध्रुव और उसके साथी घने जंगल में छुप गए थे तभी सभी सीनियर्स की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ध्रुव और बाकी चारों की वो ताकतवर टीम एक बार फिर जंगल में अपने शिकार पर निकल पड़ी इस दौरान जंगल के इलाके में वहां पीले रंग की सूखी पत्तियां हर तरफ फैली हुई थी कुछ नए स्टूडेंट्स जमीन पर गिरे हुए थे और अपने सामने खड़े पांच लड़कों को देख रहे थे जिनकी आंखों में गुरूर था और सीने पर अंदरूनी हिस्से का बैच इतने में सीनियर्स में से एक ने नए स्टूडेंट के ग्रुप को देखकर उनसे कहा बिना किसी जोर आजमाइश के अपनी आंख शक्ति हमारे हवाले कर दो मैं वादा करता हूँ अगर तुमने ऐसा किया तो मैं और मेरे साथी तुम लोगों को मारेंगे नहीं क्या कहते हो उस लड़के के बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और दूर से देखने पर वो किसी लड़की की तरह लग रहा था लेकिन वो लड़का इस वक्त अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा कर रहा था और नए स्टूडेंट से आग शक्ति हासिल करने की फिराक में था तो क्या ध्रुव और उसके साथी नए स्टूडेंट्स के इस को लूटने में भी कामयाब हो पाएंगे या फिर खुद लुट जाएंगे जानने के लिए सुनते रहिए दिवनी नून लिया जिवंश के साथ सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम